चलो बाे मजम चलो हे, ये जी मा समारा हा चलो दे चलो जहाँ चलो दे मर जी ना कोई लहना ना कोई अर करो लो, करो लो, न जो तेरी भी ते मर जी अभी बोगा तो तुम्हें से कहूँ डे चलो चहले चलो कर वा करना मैं थोड़े करना किसी से कहू जहा चलो दे चलू जहा चलो दे चलू